सिंगरौली में एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी मारपीट के बाद युवक के फ्रैक्चर को लेकर दो डॉक्टरों की रिपोर्ट में अंतर दिखा। इसको ने पीड़ित की मेडिकल की की सिंगरौली के खनहना बस्ती निवासी मुन्ना बंसल ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रवीण तिवारी से इंसाफ की गुहार लगाई है मामला बड़ा अजीब है मुन्ना बंसल ने बताया की कुछ दिन पहले उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी मारपीट में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था जिसके बाद उन्होंने बैठन में डॉक्टर आरबी सिंह को अपना पैर दिखाया डॉक्टर ने एक्सरे किया और एक्सरे करने के बाद उनके पैर में फ्रैक्चर होना बताया और फ्रैक्चर बताकर उनके पैर में प्लास्टर लगा दिया गया वहीं पीड़ित मुन्ना बंसल ने मोरवा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी मेडिकल के लिए उन्हें ट्रामा सेंटर भेजा गया ट्रामा सेंटर के डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं होना बताया बात उलझ गई फिलहाल मुन्ना बंसल की पैर की हड्डी टूटी थी या नहीं अगर नहीं टूटी थी तो हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर आरबी सिंह ने उनके पैर पे प्लास्टर क्यों बांधा एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि मुन्ना बंसल का पैर फ्रैक्चर है वहीं दूसरी तरफ ट्रोमा सेंटर के डॉक्टर्स ने कहा उनके पैर में फ्रैक्चर नहीं है इस बात को लेकर सिंगरौली भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रवीण तिवारी के पास मुन्ना पंसल ने गुहार लगाई है और कहा है कि मेडिकल बोर्ड से इस बात की जांच कराई जाए जिंदर सिंह की प्लांट पर हम ड्यूटी करने जाते थे एक घर थी सामने हम बैठ गए खाना खाओ सुखी खाने लगे वो लोग पांच लोग आए और दीपावली का दिन था बोले की इसी जगह जो आऊंगा इतनी ही बोले की खाए पियो हो चले जाओ घर से किसी की यहाँ जगह तो करवाओ इतने हमको बुरा सबक करके गाली को गाली करके काला पकड़ के पांच लोग थे गिरा दिए हमको डंडा यहाँ लगे इसके बाद मार दिया तो हम गिर गए जिसका घर में हम बैठ बैठे थे वही आदमी हमको बचत दिया और वही ले आकर थाना में हमको जो है तो रिपोर्ट करवाया हो प्राइवेड से भी, भी दिखाए थाना में भी दिखाएं तो फ्रैक्चर ही बोले बोले कि चले जाओ तू तो बैढ़ पुलिस द्वारा गए हम बैठन एक्सरे हुआ एक बात बोलें कि घर अच्छा। चले भी हूँ ये आज सबेरे अभी आए एक घंटा पहले मेरे पास से इन्होंने कहा की सर आप ये मेरे साथ मारपीट हुई थी और जब मैं आर पी सिंह जी के यहाँ दिखाया तो उन्होंने एक्सरे लिखा एक्सरे में फ्रैक्चर आया फ्रैक्चर आने के बाद मेरे पैर में प्लास्टर बांधा गया रिपोर्ट लिखवाया गया एफ दर्ज कराई गई एफ दर्ज करने के बाद इनका मेडिकल हुआ मेडिकल में एक्सरे लिखा गया डॉक्टर के द्वारा और जो ट्रामा सेंटर से रिपोर्ट आई उसमें यहाँ पे अजीत सिंह जी हैं पुलिस में जो मुंशी का काम देखते हैं ऐसाई हैं और देखते वही हैं उन्होंने बताया कि इनका डॉक्टर ने, ने मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं लिखा तो ये विरोधाभास हुआ इसके कारण मुझे से लगता है कि मेडिकल बोर्ड से इनका पूरी इनकी जांच करानी चाहिए और इनको नया मिलना चाहिए